तोरे कितने सैया गए तोरे खोल है पट्टा। अरे जान गए तोरे कितने सैया है पट्टा, पट्टा हटा में बेचो पटा हटा में बेचो पटा का क्या होगा पटेल का मतलब तुम मैं लग रहा इतने मारे हम इतने मारे हैं अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे, थोड़ी ऐसे, थोड़ी ऐसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी हैं, तो नहीं ठीक है जाता कैसे देख में बिल्कुल देखत में गए गए कई चेला भूल बोले तुम्हारे अरे रानी खो मिल गए खोम भूल गई खा खा के अरे खा खा के खा खा और दो राजा तुम कि हमने, हमने लओ तो तरी में हो झां कहां से कि हमने, हमने लओ तो तरी में हो झां गोरी को सामान निकला बे किचन खुली का बे किचन खुली आ चुके हमें पाउडर मल कर कड़े आओ भाई ओ ओ हमने तो तो में में हो जा, थोड़ी को हमने तो में हो जा जा थोड़ी थोड़ी को को खिला खिला लेकर सुनो तुम तो पता कैसे हैं ना देखे अंगारी ना देखे बिछारी तुम्हें तो कभी बस स्वाद नहीं है कि अंगारी का है बिछारी का पता है का है अंगारी क्या बताई गई ना देखे दिल दिल दिल से से हमारी सुन लो ऐसी अरे हमें एक जवाब देने हम हम हम में में काम से मिल हम तोम तोम जाको जाको के के हम मिल गया गए गए थे तुम जा कि हैं इनको जवाब का है कह रही ने है भी बनाई हो लेकिन जवाब हम अपना बन कई दिले से से लगाए और ने ना लगाए जो हम तो झंडा लगाए मोर झंडा मोरो लगाए झंडा लगाए को अच्छा।, अच्छा ए तुम में मिल जाओ तुम हम में मिल जाओ तुम तुम्हें मिल जाओ